सिंगरौली में विधायक राम लल्लू ने 10 लाख से ज्यादा की लागत से बन रही सड़क का भूमि पूजन किया वैश ने कहा लोगों की सुविधाओं के लिए और भी सड़कों का निर्माण जल्दी किया जाएगा सिंगरौली जिले के मोरबा सर्किट हाउस रोड से गायत्री मंदिर होते हुए एलआईजी रोड तक डांरीकरण के कार्य का भूमि पूजन विधायक राम लल्लू ने किया है यह सड़क दस लाख की लागत ऐसी मनाई जा रही है विधायक राम लल्लू ने बताया की इस रोड के साथ साथ एल से क्लब होते हुए रोड रोड रोड तक तथा सीटीआई से बिजोर नदी एवं बूढ़ी मंदिर रोड का शीघ्र ही डामरीकरण किया जाएगा। विधायक ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा की गुणवत्तापूर्ण तरीके से रोड का निर्माण किया जाएगा गायत्री माताजी के दरवाजे में रोड बड़े खराब थे तो हमने कहा की इस रोड को भी बन जाए शियल बाजार बनवाया सी एस आर से जब लिखेगी चिट्ठी मैंने वहां चर्चा किया तो बोले कब तो फिर वही पंचायत होगी हम लोग अपने नगर निगम को मैंने कहा कि भाई जिसका आज भूमि पूजन किया दस लाख के से ऊपर लगभग पाँच सौ मीटर होगा गया छत्तीस और इसलिए मान लीजिए एक तरह से कह लीजिए कि आठ नंबर वार्ड जी और सभी लोग पदाधिकारी हमारे इस मोहल्ले में हमारा ही मोहल्ला है इसलिए एक हफ्ते का अंदर ये बंद भी जाएगा ऐसा संगीत की शोर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो से नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक